मैडम काल मेरी माँ मेरी बुआ था फोन पे बात कराग रही थी आधार कार्ड ली काटड़ू मैंने यार खा लिया मोने उस टाइम यह बात कौन है समझ में आई काटड़ू कौन सा प्रोडक्ट अवश है फिर मैं लैपटॉप पर गया और मैंने गूगल खोल कर और सर्च करा काटड़ू कौन सा प्रोडक्ट अवश है